उन्नीस के परमाणु हथियारों के परीक्षण के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर भारत पर अब दुनिया में धाक जमाएगा भारत। इसरो ने हिला दिया अपने परीक्षण से पूरी दुनिया को। भारत ने हाइपरसोनिक और परमाणु हथियार दोनों को साथ मिलाकर बनाया हथियार भारत की घातक हथियार का परीक्षण देख कांप उठी दुनिया यह हाइपरसोनिक हथियार बना भारत बनेगा दुनिया का चौथा देश दोस्तों वर्तमान में जिस तरह से दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं और हर कोई देश अपने हथियारों को बेहतर करने में लगा है उसको देखते हुए दुनिया के चार बड़ी महाशक्तियां चीन भारत अमेरिका और रूस आए दिन एक न एक घातक हथियार और मिसाइल का परीक्षण करते रहते हैं लेकिन दोस्तों जिस तरह से रूस अमेरिका और चीन के पास बेहतर तकनीक और अधिक पैसा भी है बेशक रूस पर वर्तमान में नहीं है लेकिन फिर भी रूस अमेरिका और चीन से काफी साल आगे हैं अगर बात करें डिफेंस की और परमाणु हथियारों की अब दोस्तों जब दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां इतनी आगे जा रही है तो भारत कैसे पीछे रह सकता है खासकर तब जब भारत का चीन जैसा दुश्मन हो जो हर समय भारत पर हमला करने की फिराक में रहता हो ऐसे में दोस्तों भारत की मजबूती भी बन जाती है कि भारत अपने डिफेंस बजट को बढ़ाए और साथ ही साथ नए घातक हथियारों मिसाइलों का सफल परीक्षण करता रहे ताकि चीन जैसे देश को औकात में रखा जा सके जहां दोस्तों विश्व में भारत की ताकत अब और भी मजबूत हो गई है क्योंकि अब जल्द ही देश के सुरक्षा बेड़े में हाइपरसोनिक वाहन शामिल होंगे दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और एकीकृत रक्षा स्टाफ ने शुक्रवार को इसका परीक्षण किया है परीक्षण में वाहन सभी जरूरी मानकों पर खरा उतरा है इस परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी दोस्तों इसरो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लिखा गया है की इसरो और एकीकृत रक्षा स्टाफ ने संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक वाहन परीक्षण किया है परीक्षण में सभी आवश्यक पैरामीटर हासिल किए गए और हाइपरसोनिक वाहन की क्षमता का प्रदर्शन किया गया दोस्तों अगर बात करें रफ्तार की तो रफ्तार के मामले में हाइपरसोनिक वाहन सबसे तेज वाहनों में गिने जाएंगे इनकी रफ्तार की स्पीड से पांच गुना तेज होगी पलक झपकते ही या आसमान में पहुंच जाएगा बता दें कि हाइपरसोनिक वाहन एक हवाई जहाज मिसाइल या अंतरिक्ष यान हो सकता है हाइपरसोनिक तकनीक को नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक माना जाता है लेकिन दोस्तों इससे पहले भी भारत हाइपरसोनिक मिसाइल और गाइडेड वहीकल को लेकर कई सफल परीक्षण कर चुका है दोस्तों वर्ष 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर वहीकल के सफल परीक्षण ने भारतीय रक्षा प्रणाली को ऐसी रफ्तार प्रदान की थी जिसकी बराबरी दुनिया के महज तीन देश कर सकते हैं अमेरिका रूस व चीन के बाद अपने दम पर हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करके भारत ने आधुनिक रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई थी दोस्तों डिमोन्स्ट्रेटर वहीकल स्क्रेमजेट एयरक्राफ्ट या इंजन है जो अपने साथ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकता है इसकी रफ्तार धवनी से छह गुना ज्यादा है यानी या दुनिया के किसी भी कोने में स्थित दुश्मन के ठिकानों को महज कुछ ही देर में निशाना बना सकता है इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को इसे इंटरसेप्ट करने में और कार्रवाई का मौका भी नहीं मिलता दोस्तों हाइपरसोनिक टेस्ट ड्राइव वहीकल यानी कि एच के सफल परीक्षण से भारत को उन्नत तकनीक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बरमोज टू की तैयारी में मदद मिलेगी इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसियाँ कर रही है आप अब पूछेंगे कि हाइपरसोनिक में ऐसा क्या खास है तो दोस्तों सामान्य मिसाइलें बैलेस्टिक ट्रेजेक्ट्री तकनीक पर आधारित होती है यानी उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक करने के साथ साथ काउंटर अटैक की तैयारी भी की जा सकती है बैलिस्टिक मिसाइल पहले लॉन्च होकर हवा में जाती है जहां उन्हें कोई भी रडार आसानी से पहचान सकता है और किसी भी एक मिसाइल को छोड़ उस मिसाइल को नष्ट कर सकता है वहीं दोस्तों इसके विपरीत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के रास्ते का पता लगाना नामुमकिन है फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिनमें इस मिसाइल का पता लगाया जा सके हालांकि कई देश एनर्जी वेपन्स, पार्टिकल्स बीम व नॉन काइनेटिक वेपन्स के जरिए इनका पता लगाने व इन्हें नष्ट करने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अब दोस्तों अगर आप सोच जिसकी रफ्तार धवनी की गति से छह गुना अधिक है उस गति से अगर इस वहीकल पर मिसाइल वायुयान कुछ भी रखा जाए बेशक उसको इस गाइडेड वहीकल के लिए बनाया गया हो तो यह मात्र कुछ मिनटों में में दुश्मन को ढेर कर सकता है। एक उदाहरण के के लिए मैं आपको इसकी इसकी गति गति गति बारे बताता कि अगर की से छह गुना अधिक है तो यह दिल्ली से इस्लामाबाद को मात्र छह सेकंड्स में तबाह कर सकता है क्योंकि इसकी स्पीड है लगभग 9000 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की लेकिन दोस्तों दोस्तों फिर भी मैं आपको वे क्रूज मिसाइलों में अंतर बता देता हूं। मिसाइलें काफी बड़ी होती है वे भारी बम को ले जाने में सक्षम होती है इन मिसाइलों को छिपाया नहीं जा सकता इसलिए उन्हें छोड़े जाने से पहले दुश्मन द्वारा नष्ट किया जा सकता है वही क्रूज मिसाइलें छोटी होती है उन पर ले जाने वाले बम का वजन भी कम होता है उन्हें छिपाया जा सकता है इनका पथ भी अलग होता है बैलिस्टिक मिसाइल ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर बढ़ती है जबकि क्रूज मिसाइल धरती के समानांतर अपना मार्ग चुनती है दोस्तों छोड़े जाने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल के लक्ष्य पर नियंत्रण नहीं रहता जबकि क्रूज मिसाइलों पर निशाना सटीक होता है भारत ने रूस के सहयोग से बर्मोज नामक क्रूज मिसाइल तैयार की है पाकिस्तान स्वदेशी तकनीक से बाबर नामक मिसाइल बनाने का दावा करता है लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वह चीनी क्रूज मिसाइल पर आधारित है दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार जो परीक्षण कर रहा है भारत उसमें इसरो से आ गया और उसने क्यों किया तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इससे पहले 28 अगस्त 2016 को बी स्क्रेमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया था इसे सुपरसोनिक कंब्यूशन रेमजेट इंजन के नाम से भी जाना जाता है वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका वजन कम होता है जिसकी स्पीड से जिसकी वजह से अंतरिक्ष खर्च में भी कमी आएगी एयर ब्रीदिंग तकनीक पर काम करने वाले इस एयरक्राफ्ट से अधिक पेलोड भेजा जा सकेगा तथा इसका दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकेगा यह अत्यधिक उच्च दबाव व उच्च तापमान में भी काम कर सकता है इसका साफ साफ मतलब है कि इस तरह से हाइपरसोनिक गाइडेड वहीकल बनाने में इसरो को अनुभव हासिल है दोस्तों अगर बात करें सबसोनिक किस सुपरसोनिक व हाइपरसोनिक में अंतर की तो आखिर पूरी दुनिया हाइपरसोनिक के पीछे इतनी क्यों भाग रही है और किसके पास कितनी है तो दोस्तों ब्रिटेन निवासी रक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक जेम्स बोस के अनुसार सबसोनिक मिसाइलों की रफ्तार धमनी से कम होती है इसकी गति सात मील यानी की ग्यारह किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है इस श्रेणी में अमेरिका की टोमहॉक फ्रांस की एक्सोसेट व भारत की निर्भर मिसाइल आती है सस्ती होने के साथ साथ आकार में छोटी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइलों की की गति ध्वनि रफ्तार से है किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है इस श्रेणी की सबसे प्रचलित मिसाइल है जिसकी रफ्तार इक्कीसो मील की तेतीसौ नवासी किलोमीटर से सैंतीसो एक मीटर प्रति घंटा है। है। सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता वहीं दोस्तों भारत रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा हुआ है इस साल रूस ने कथित तौर पर यूक्रेन युद्ध में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया था भारत अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर वहीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी विकसित कर रहा है यह मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को दागने में सक्षम है अब अब दोस्तों जैसा कि कि साफ हो चुका है कि भारत अब रूस अमेरिका और चीन के क्लब में शामिल होने वाला है जहां भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ उसमें बैलिस्टिक मिसाइल वाली ज्यादा बम हथियार और परमाणु हथियार ले जा सके ऐसी क्षमता हाइपरसोनिक मिसाइल को देने में लगा है अभी तो